इस्लाम में बेटियों को रहमत समझा जाता है बोझ नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो औरत खुशकस्मत है जिसकी पहली औलाद एक बेटी हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो भी अपनी बेटियों को मोहब्बत से और उनके सारे हक देकर पालेगा तो कयामत के दिन ये बेटियाँ उसके लिए जहनुम से रिहाइश का जरिया बनेगी बेटियाँ अल्लाह की रहमत है तो इस तहफे को मोहब्बत से रखें